तो हम बात कर रहे हैं अरेबिक फॉर्मूले के बारे में तो हमारे पास एक फार्मूला होता है रोमन का रोमन फार्मूला क्या करता है इसमें रोमन नंबर में जो नॉर्मल नंबर होता है उसको रोमन नंबर में कन्वर्ट करता है तो नॉर्मल को वो रोमन नंबर में कन्वर्ट करता है और हमारे पास एक फार्मूला होता है अरेबिक का अरेबिक फार्मूला क्या करता है कि इसको नॉर्मल नंबर को वापस रोमन नंबर में कन्वर्ट करता है इसका यूज़ हम लोग कभी कभी जब पॉइंट्स वगैरह सीक्वेंस वगैरह बनाते हैं तो करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है